वरिष्ठ पत्रकार अरशद अली खान अब हमारे बीच नहीं रहे वे काफी दिनों से बीमार थे 17 अगस्त को उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट डाली थी मैं एल अस्पताल भोपाल में भर्ती हूं दुआ करें शायद कहीं दुआओं में कमी रही और वो हम सब को छोड़कर चले गए रात में ही उनका इंतकाल हुआ और आज वो सुपर देखा किए जाएंगे अरशद अली खान मजदूर का दर्द अखबार के संपादक थे वरिष्ठ पत्रकार अरशद अली खान श्रमजीवी पत्रकार संघ के वरिष्ठ सदस्य भी थे अरशद अली खान की फेसबुक पोस्ट देखकर समझ पड़ता था कि वो बेहद जिंदा दिल व्यक्ति थे उनको भूख थी सम्मान की प्यार की उनकी पोस्ट पढ़कर जीने की इच्छा होती थी मगर वो इस तरह हम सबको छोड़कर चले जाएंगे इसकी उम्मीद किसी को ना थी ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें अरशाद अली खान को दखल न्यूज़ की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अरशद अली खान की पिछले कुछ दिनों की पोस्ट में लोग अच्छे हैं बहुत दिल में उतर जाते हैं एक बुराई तो बस यही है कि वो मर जाते हैं मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए अरदाली खां का लिखा वाकई में अशद आपके जाने से ज़माना अफसोस में है